ऑब्वियसली यार फौज इज़ ऑल अबाउट टीम वर्क है ना देखो मैं बार बार बोलता हूँ फौज में इंडिविजुअल एंड जैसी कोई चीज़ नहीं होती मिस्टर एक्स वाई वाइज इट इज़ ऑलवेज दूनिट जब आप कोई एक यूनिट का नाम लेते हो तो यूनिट में यार आते हैं बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जी सीओ साहिबान हैं जवान हैं सारे मिल करके हैं अब मैं खुद बताओ आप लोग यहाँ पे बैठे हो आप लोग छः लोग हो आपका क्या एग्जिस्टेंस है इफ़ आई टॉक अबाउट इंडिविजुअली मैं पाँच आदमी हटा दूँ सुबह अकेला छोड़ दूँ आज को तू कितना मजबूत रह जाएगा बता यू विल फील हैंडी कैप यूल फील पैरालाइज्ड है ना Your existence is only about and you know, each other.